मुरैना में रेलवे ने बजरंग बली को अतिक्रमण हटाकर जमीन खाली करने का नोटिस थमा दिया है रेलवे ने नोटिस में लिखा है कि श्री बजरंग बली जी आपने सबलगढ़ के मध्य मकान बनाकर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया है अतः आप सात दिन में रेलवे की भूमि खाली करें वह इस नोटिस के जारी होने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया है और कहा की इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है जो सबकी अर्जी पूरी करते हैं उन्हीं बजरंग को रेलवे ने नोटिस थमा दिया है मामला मुरैना का है जहां रेलवे विभाग ने अपनी जमीन पर बने मंदिर को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है ये नोटिस बजरंगबली के नाम से जारी किया गया है नोटिस में लिखा है कि श्री बजरंग बली आपको रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया है अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के सात दिन के अंदर रेलवे भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटा कर रेलवे भूमि को खाली करे अन्यथा आपके द्वारा किए गए अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटाने की कारवाई की जाएगी जिसके हर्ज और खर्च की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी आपको बता दें ग्यारह मुखी हनुमान जी का यह मंदिर मुरैना जिले में एकमात्र मंदिर है यह मंदिर पैतीस साल पुराना है लोगों ने कहा कि बजरंगबली के नाम से नोटिस जारी करने पर हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अब इस नोटिस के वायरल होने के बाद रेलवे ने अपनी सफाई में कहा की क्लरिकल त्रुटि होने के कारण बजरंग को नोटिस पहुँच गया है जिसे हमने सुधार कर नया नोटिस मंदिर के पुजारी के नाम जारी कर दिया है वो खबरें जो आपके काम की है